नमस्कार स्वागत अभिनंदन मीन राशि के जातकों प्रेम राशिफल 2020 क्या कुछ लेकर के आपके लिए खास आया इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ, साथ, साथ, साथ इस साल अपने प्यार को कैसे प्राप्त करें यदि आपको अपने आपके परिवार में स्वीकृत नहीं प्रदान हो रही है तो उससे संबंधित भी हम आपको उपाय बताएंगे तो दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाए लेकिन मीन राशि के जात विस्तृत राशिफल दो हमारे चैनल पर पड़ा है आप लोग जाकर के देख सकते हैं दूसरा कैरियर से संबंधित राशिफल भी हमने मीन राशि के जातकों का डाल दिया है आप लोग जा कर के देख सकते हैं इकोनॉमी आर्थिक राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है कितना पैसा आप लोग कमाएंगे तो वो भी जा कर के देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के अनुसार राशिफल हमारे चैनल पर पड़ा है इसको भी आप लोग जा करके देखिए तो अधिक समय न लेते हुए चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मीन राशि के जातकों साल दो प्रेम संबंध के मामलों में बहुत ही ज़्यादा शुभ व मंगल ारी रहने वाला है ऐसे जो है इंडिकेशन मिल रहे हैं क्योंकि प्रेम के कारक ग्रह जो आपके शुक्र है ये लाभ स्थान में विराजमान है जो कि पूरे वर्ष आपको प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने में सहायता करेंगे 11 मई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं जिसका संबंध आपके प्रेम प्रसंग पर पड़ेगा इसके प्रभाव से आपके व आपके साथी के बीच कुछ तलक में जा कुछ दूरी आ सकती है किसी बात को लेकर के आप दोनों लोगों के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं आप तनाव में आ सकते हैं आपके रिलेशन ब्रेकअप हो सकते हैं इसके साथ ही मीन राशि के जातकों 2020 में ही हम आपको बताएं 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे आपके जो ग्रह मतलब सबसे ज़्यादा ये पावरफुल आपके लिए ग्रह रहेंगे ये वक्री होंगे जिसके बाद आपको गुरु का थोड़ा सा शुभ प्रभाव मिलेगा देखिए जो वक्री प्लेनेट होते हैं मोर पावरफुल होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं इस समय गुरु की वक्र दृष्टि अपनी उच्च राशि पर रहेगी जो कि आपको संतान पक्ष से सुख दिला सकती है इसके साथ ही साथ से चले आ रहे मतभेद आपके खत्म होंगे जो प्रेमी आपको छोड़ करके गए हैं वो वापस आएंगे कुंडली के सप्तम भाव में गुरु की नवम दृष्टि होने से विवाह के योग बनेंगे तो जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे इस वर्ष विवाह के बंधन में बंधने के योग बन रहे हैं आपके घर के लोगों की स्वीकृति मिलेगी लेकिन थोड़ा सा विवाद होगा तब मिलेगी इसके साथ जो जा लंबे समय से अपने रिश्तों में किसी भी तरीके की समस्या का सामना कर रहे थे विवाह में सामना कर रहे थे या जिनके विवाह की बनती बनती बात बिगड़ जा रही थी अचानक से देखिएगा चट मंगनी पट विवाह होगा दूसरा वैवाहिक संबंध में जो भी बाधाएं चली आ रही थी ये दूर होंगी मतभेद आप लोगों के दूर होंगे साल 2020 में बृहस्पति के साथ बुद्ध का विराजमान होना अविवाहित जातकों के लिए विवाह का जो योग है ये फलित कर रहा है बना रहा है प्रेम प्रसंगों के कारक ग्रह माने जाने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य लाभ स्थान में विराजमान है ये आपकी रोमांटिक लाइफ खुशनुमा करने के संकेत दे रहे हैं यानी कि पिछले वर्ष के मुकाबले यह आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है जो जातक अविवाहित व सिंगल है वो इस वर्ष अपनी लव लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि ग्रह स्थिति आपके पक्ष में संकेत कर रहे हैं इस वर्ष आपको हर पहलू पर अपने सहयोगी या पार्टनर से समर्थन मिल सकता है या यूँ हम कह सकते ये जो साल रहेगा रोमांस से भरा हुआ रहेगा आप लोग अपने पार्टनर के साथ डेटिंग पर जा सकते हैं तेरह सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे मार्गी गुरु होने पर विवाहित जातक अपने भविष्य की योजनाओं को प्रिपेयर करना तैयार करना शुरू कर देंगे ताकि आने वाला समय आपके लिए सुखमय बीते रोमांच से भरा हुआ हो तो कुल मिलाकर के लव व रोमांस के मामलों में साल दो आपके लिए काफी सुखद रहने वाला है और बहुत अच्छा रहने वाला है तो दर्शकों ये तो था आप लोगों के लिए प्रेम राशिफल बहुत ही संक्षेप में हमने बताया है लेकिन मीन राशि बहुत लोगों की होती है आप लोग कोशिश कीजिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए करोड़ों लोगों की मीन राशि है अब आपकी कुंडली में पंचम स्थान में ग्रह योगों की स्थिति क्या बनी है ये देखना पड़ेगा सप्तम स्थान में क्या बनी है पंचमेश या सप्तमेश किस अवस्था में है सब डिविजनल चार्टे डी चार्ट आपका क्या कह रहा है तो दर्शकों ये चीज़ें आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेगी और आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन के भी माध्यम से करवा सकते हैं पर्सनली हमसे मिल कर के भी करवा सकते हैं उपाय क्या करना रहेगा उपाय आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले आप लोगों को अमावस्या वाले दिन कोशिश करना है जो मीठा चावल है इसको गाय को आप लोग खिलाएंगे बेहतर रहेगा शुक्रवार वाले दिन आप लोगों को दूध में केसर डाल करके शिवलिंग पर ओम ह्रीम नमः शिवाय मंत्र है इस मंत्र से आप लोग अभिषेक करिए बड़ा पावरफुल ये मंत्र है ये दो उपाय आप लोग करिए तीसरा एक उपाय है यदि आप लोगों को थोड़ी सी जो है पारिवारिक समस्या आ रही स्वीकृति मिलने में तो एक हम आपको दुर्गा सप्तशती का मंत्र बता रहे हैं इस मंत्र को यदि आप लोग 108 सौ बार कर लेते हैं तो कहने ही क्या निश्चित उनकी स्वीकृति मिलेगी मंत्र आप लोग स्क्रीन पर भी देख लीजिए और ध्यान से सुन भी लीजिए ज्ञानी नाम अपनी देवी भगवती हिसा डैश डैश डैश इस डैश में जिनकी स्वीकृति चाहिए उनका आप लोग नाम भर दीजिए मोहाय महामाया प्रेक्षति यानी नाम अपनी चेतानसी देवी भगवती हिसा डैश डैश डैश मोहाय महामाया प्रेक्षति 108 बार इस मंत्र का आप लोग जाप करिए 6 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे कैसा लगा हमारे प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए क्योंकि ये चैनल आपकी जरूरत है यहाँ पर फालतू की कोई इधर उधर की बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार